गाइस सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक वीडियो या फोटो वायरल होती रहती है अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है जहां एक दादी माँ सुपर बाइक पर कूल बनके बाइक चला रही है इस तस्वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स बहुत ही ज्यादा कमेंट और प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं फोटो में दादी बाइक को आसानी से कंट्रोल कर रही है और बाइक पर चढ़कर रोड पर घुमा रही है लोगो को ये तस्वीर बहुत ही ज्यादा पसंद भी आ रही है इस तस्वीर को नवनीत सकेरा ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है तब एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा हेलमेट तो लगाया ही नहीं दादी ने साहब चालान तो बनता है बाइक इंपोर्टेड भी है वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है वाकई में दिल छू लेने वाली तस्वीर है दादी मा इस उम्र में भी बाइक चला रही है दोस्तों आपका कहना चाहोगे सुपर दादी को देखकर कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक मिलते हैं अगली वीडियो में